समाज परम गुर साहिब जी अर्चन समाज आप सबके बीच एक पद प्रस्तुत है यह दुनिया दो रोज की मत करिया सो है गुरु चरण चिते जो सुख दे संत सी जीव के संत ही पार लगा और यह हो ये नहीं जो जो भ्रम भूले भगा तू कहा माने मन तेरा छड़े भंगितन तन चेती प्यारे कर ले साधन भजन तू सकारे तू का मान मन तेरा छड़े भंग तन चेत प्यारे करले साधन भजने तू सकारे तेरी। पानी का बुले बुला दे है तेरी होगी से के बीन देरी से कीटेवन हो गया मूड़े मन ना सुधार रे रत्न जीवन को में हारे तू कहा माने मन तेरा छड़े भंगितन तन चेती प्यारे कर ले साधन भजने तू सकारे घर कुटुंब धने माया धन कुटुम घरे वो अधिकारी पाया सपने की सम्पत्ति झूठी माया तू अशते अशान करते शान कर त्यागे रे निज को अविवंदनों से उबारे तू का माने मन तेरा छे भंग चेत प्यार करले साधन भजने तू सकारे पेटी वो भोग तू है धाया रात दिन ना कहीं चैन पाया के सत्य संग में ज्ञान के गंगे में नापारे मन को मिला किए पाप धारे तू कहा माने मन तेरा छड़े भंग तन चेत प्यारे करिले साधन भजने तू सकारे रे कर साधन भजने कार जो है अपना तू से को भूलाया जो न अपना उसी में लुभाया जो है अपना तू को भूल सी में लुभाया याते भव फंद है नीत ही द्वंद है दृश्यारे हो कहा मान मन तेरा छे भंगितन तन चेती प्यारे करले साधन भजने तु सकार करले साधन भजने तू सत्य चित शांत निरिद्वंद तू है देह से पार तू है सत्य चित शांत निरिद्वंदे तू सं तू है रागे से मोक्ष हो बो दे अपेरो हो दृश्य न्यारे नित्य की विचार तू कहा माने मन तेरा छड़े भंगितन तन चेती प्यारे करले ले साधन जने तू सकारे करले कर साधन जने तू सकारे बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब आइये हम सब लोगों के बीच एक और भजन प्रस्तुत है बोलिए सदगुरुदेव की जय परम पूज्य साहिब जी अर्चनी वंदनी सन समाज मेरे लिए भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालना एक भजन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 पूजा करो शिवका गुरु जी मेरी पूजा करो शिव का मैं तो निर्गुण बस इतनी बात है मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है मैं तो निरगुड़िया बस इतनी बात है मेरी जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है निर्धन को धन मिल जाए निर्गुड़ को गुड़ मिल जाए निर्धन को धन मिल जाए निर्गुण को दिन मिल जाए इतना शादी दो उपहार गुरु जी मेरी पूजा करो शिवका गुरु जी मेरी पूजा करो शिव का नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आई हूँ मैं तो तेरी द्वार गुरु जी मेरी पूजा करो शिवका प्रभु जी मेरी पूजा करो शिव का सुन लो हा मारी हमको कुछ ज्ञान दो जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो सुन लो हा अर हमको कुछ ज्ञान दो जीवन को जीना सीखूं सा वरदान दो सूरज सा शान पाओ चंदा सामान पाऊं सूरज शीशान पाऊं चंदा सामान पाऊं मानूं तुम्हारा उपकार गुरु जी मेरी पूजा करो शिवकार प्रभु जी मेरी पूजा करो शिव का नन्हा शा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं नन्हा शाह फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं आई हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो शिवका गुरु जी मेरी पूजा करो शिवका बोलिए देव की जय साहब सदगुरु कबीर साहेब की जय अब भजन के बाद प्रश्न उत्तरी की ओर चलते हैं प्रश्न है प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों में कौन बड़ा है क्या बिना पुरुषार्थ के केवल प्रारब्ध के बल पर जीव में सफलता मिल सकती है प्रारब्ध में अन्न जल होंगे तो मिलेंगे यह कहना या मानना क्या उचित है उत्तर में गुरुदेव जी बता रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों में पुरुषार्थ बड़ा है क्योंकि जो आज प्रारब्ध खड़ा है वह भी किसी दिन के लिए किए हुए पुरुषार्थ का फल है प्रारब्ध का अपनी जगह पर महत्व है यह प्रारब्ध ही का प्रारब्ध ही है कि किसी की बुद्धि बड़ी प्रखर है और कोई एकदम मंद बुद्धि है किसी को शारीरिक सुगठन सौंदर्य निरोग्यता प्राप्त है और कोई इन सबों से हीन है कोई प्रतिभा का धनी है और कोई अत्यंत निस्तेज है केवल प्रारब्ध पर बैठे रहने वाले की कभी उन्नति नहीं हो सकती पुरुषार्थ वाकर्मा उन्नति का द्वार है पीछे दिन का रखा हुआ बासी भोजन प्रारब्ध रूप है परंतु बिना पुरुषार्थ की वह भी पेट में नहीं जाता प्रारब्ध के भरोसे पुरुषार्थ छोड़ बैठना आलस्य व आकर्मण्यता का लक्षण है जल भोजन प्रारब्ध में होंगे तो मिलेंगे ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए भौतिक उन्नति में भी पुरुषार्थ की महान आवश्यकता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो पुरुषार्थ मुख्य है किसी के प्रारब्ध में मोक्ष नहीं रहता वह पुरुषार्थ ही से ही प्राप्त होता है केवल प्रारब्ध पर बैठे रहने की से कभी उन्नति नहीं हो सकती पुरुषार्थ वह कर्म उन्नति का द्वार है पीछे दिन का रखा हुआ बासी भोजन प्रारब्ध रूप है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 और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो पुरुषार्थ मुख्य है किसी के प्रारब्ध में मोक्ष नहीं रहता वह पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है अगला प्रश्न है यदि मनुष्य की जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है तो उसे किन नियमों का पालन करना होगा यदि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है तो उसे किन नियमों का पालन करना होगा तो गुरुदेव जी उत्तर बताते हैं मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष का अर्थ है समस्त आसक्तियों वासनाओं का अंत होकर जीव का अपने आप में शांत हो जाना मोक्ष का अर्थ है समस्त आसक्तियों वासनाओं का अंत होकर जीव का अपने आप में शांत हो जाना इसके लिए यथार्थ ज्ञान एवं जड़ चेतन का भिन्न विवेक और विषय शक्ति की सर्वथा निवृत्ति आवश्यक है इन सब के लिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त आदर्शों को जो प्राप्त है उनके प्रति श्रद्धा उनकी, उनकी उपासना संगत एवं उनकी वार्ता लाभ किया जाए और उनकी सेवा करके उपयुक्त महत्वपूर्ण विषयों के ज्ञान और प्रभाव ग्रहण किए जाए अंततः जीवन पर्यंत ऐसी रहने में रहा जाए जिससे अपने आप को विषय शक्ति से सर्वथा बचाकर कर स्वरूप स्थिति में निमग्न रहा जा सके प्रश्न है मनुष्य धर्म अधर्म पाप पुण्य एवं अच्छे बुरे कर्म जानता है फिर भी वह अधर्म पाप और बुरे कर्म क्यों करता है मनुष्य धर्म अधर्म पाप पुण्य एवं अच्छे बुरे कर्म जानता है फिर भी वह अधर्म पाप और बुरे कर्म क्यों करता है गुरुदेव जी उत्तर में बताते हैं क्योंकि वह विषय शक्तिवश प्रलोभन में भूल जाता है व्यक्ति आशक्ति प्रलोभनों को जीतकर ही ज्ञान के अनुसार आचरण अपना सकता है आशक्ति प्रलोभनों को जीतने के लिए आवश्यक है कुसंग का त्याग सत्संग का ग्रहण सदग्रंथों का स्वाध्याय अपनी त्रुटियों पर गलानी उन्हें सर्वथा दूर कर, करने के लिए दृढ़ निश्चय आसक्ति और प्रलोभनों को जीतकर ही ज्ञान के अनुसार आचरण अपना सकता है आसक्ति और प्रलोभनों को जीतने के लिए आवश्यक है कुसंग का त्याग सत्संग का ग्रहण सदग्रंथों का स्वाध्याय अपनी त्रुटियों पर गानी उन्हें सर्वथा दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय प्रश्न है क्या हनुमान जी सचमुच सूर्य को निगल गए थे प्रश्न है क्या हनुमान जी सचमुच सूर्य को निगल गए थे उत्तर में गुरुदेव जी बता रहे हैं विज्ञान के मतानुसार सूर्य पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का पिंड है उसे हनुमान जी निगल कैसे सकते हैं यह कवि कल्पना है अगला प्रश्न जब एक दीपक से लाखों दीपक जल जाते हैं तब एक भक्त से लाखों भक्त क्यों नहीं बन जाते प्रश्न है एक दीपक से लाखों दीपक जल जाते हैं तब एक भक्त से लाखों भक्त क्यों नहीं बन जाते गुरुदेव उत्तर में बता रहे हैं बन तो जाते हैं आखिर प्रचार कैसे होता है हाँ सबसे लाखों भले ना बने परंतु कुछ तो बनते ही है और जो प्रतिभाशाली भक्त या संत होता है उससे लाखों लोग चेत जाते हैं चेत जाते, है। जाते, है। जाते है। प्रश्न है शरीर छूटते ही इस मरण शक्ति समाप्त हो जाती है और जीव अचेत हो जाता है तो वह खानियों में कैसे जाता है शरीर छूटते ही इस स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है और जीव अचेत हो जाता है तो वह खानियों में कैसे जाता है तो उत्तर में गुरुदेव जी कहे हैं जीव मानव शरीर की जागृति अवस्था में अनेक कर्म संस्कारों का संग्रह कर कर रखता है शरीर छूटने पर उन्हीं संस्कारों के अधीर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है पशु आदि खानियों के भी शरीर छूट जाने पर अंतकरण के पूर्व बीज अनुसार जीव को पुनः शरीर मिल जाता है व्यक्ति जब सोने चलता है तब वह सो सोच कर नहीं सोता कि मैं अमुक सपना देखूंगा, परंतु सो जाने पर स्वप्न आते हैं और वे ही आते हैं जिनके संस्कार व वा वासनाएं मन में बनी है मृत्यु होने पर जीव का स्थूल शरीर तो छूट जाता है परंतु सूक्ष्म शरीर उसके साथ रह जाता है उसी सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म संस्कारों की सामग्री रहती है जिसे जीव पुनर्जन्म को प्राप्त होता है जीव मानव शरीर की जागृति अवस्था में अनेक कर्म संस्कारों का संग्रह कर रखता है शरीर छोड़ने पर उन्हीं संस्कारों के अधीन पूर्वजन्म को प्राप्त होता है पशु आदि खानियों के भी शरीर छूट जाने पर अंतकरण के पूर्व बीज वासना अनुसार जीव को पुनः शरीर मिल जाता है व्यक्ति जब सोने चलता है तब वह सोचकर नहीं सोता कि मैं अमूक सपना देखूँगा परंतु सो जाने पर सपना आते हैं और वे ही आते हैं जिनके संस्कार वा वासनाएँ मन में बनी है मृत्यु होने पर जीव का सूक्ष्म शरीर तो छूट जाता है परंतु सूक्ष्म शरीर उसके साथ रह जाता है उसी सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म संस्कारों की सामग्री रहती है जिससे जीव पुनर्जन्म को प्राप्त होता है प्रश्न है वासना संस्कार तथा स्मरण में क्या अंतर है वासना संस्कार तथा स्मरण में क्या अंतर उत्तर जड़ा शक्ति के जमे हुए बीज वासना या संस्कार है तथा वृत्ति का ख्याल होना स्मरण है जड़ा शक्ति में जमे हुए बीज वासना या संस्कार है तथा वृत्ति का ख्याल होना स्मरण है कर्मी जीवों के अंतकरण में वासना बीज हर समय रहते हैं परंतु स्मरण हर समय नहीं रहते अगला हाँ स्मरण हर समय नहीं रहते वासना बीज हर समय रहते हैं और इसमरण हर समय नहीं रहते अगला प्रश्न आत्महत्या क्या है तथा उसका फल क्या होता है उत्तर में गुरुदेव जी कहे हैं वैसे तो अपने आप का कल्याण न करना आत्महत्या है वैसे तो अपने आप का कल्याण न करना आत्महत्या है और उसका परिणाम है जन्मादि संकटों में भटकते रहना परंतु स्थूल दृष्टि से अपने शरीर का नाश कर देना आत्महत्या है और इसका परिणाम दुख है यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई आत्महत्या करता है तो उसका परिणाम उज्ज्वल ही होगा प्रश्न है स्वस्वरूप क्या है उत्तर में गुरुदेव जी कहें स्व है, कहते हैं स्वतः है या खुद को रूप कहते हैं पदार्थ को स्व कहते हैं स्वतः है या खुद को रूप कहते हैं पदार्थ को इस प्रकार अपना चेतन पदार्थ ही स्वस्वरूप है उसे नेत्रों से तथा कल्पना में देखने की चेष्टा निरर्थक है जो कुछ नेत्रों से दिखाई देगा वह रूप विषय एवं जड़ होगा और जो कुछ कल्पना में दिखेगा वह मना प्रस्तुत होगा वस्तुतः पांच ज्ञान इंद्रियों से एवं मना कल्पना में जो देखता है वह दृष्टा ही चेतन है वही अपना स्वरूप है जो सबको देखता है उसे कौन देख सकता है सूर्य अन्य को प्रकाश देता है और स्वयं प्रकाश स्वरूप रहता है सूर्य को दूसरा प्रकाश नहीं दे सकता इसी प्रकार जीव सबको जानता है और स्वयं ज्ञान स्वरूप रहता है सूर्य अन्य को प्रकाश देता है और स्वयं प्रकाश स्वरूप रहता है सूर्य का दूसरा प्रकाश सूर्य को दूसरा प्रकाश नहीं दे सकता इसी प्रकार जीव सब को जानता है और स्वयं ज्ञान स्वरूप रहता है प्रश्न है प्रातः तथा स्याम किसके संध्या वंदना एवं ध्यान किए जाए उत्तर में गुरुदेव जी कहे हैं प्रातः और स्याम कुछ समय निकालकर मन को एकाग्र करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए प्रातः और शायम को समय निकालकर मन को एकाग्र करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए इसमें शैली अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार रखना ठीक है इसमें शैली अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार रखना ठीक है जिस प्रकार मन एकाग्र हो सके वही साधन उचित है पहले किसी संत पुरुष का ध्यान अच्छा साधन है फिर तो सब साधनों का अंत करके अपने आप शांत रह जाना ही परम लक्ष्य है यह अभ्यास और वैराग्य पर निर्भर करता है सदग्रंथों का स्वाध्याय अधिक फलप्रद है अभ्यास और वैराग्य पर निर्भर करता है सदग्रंथों का स्वाध्याय अधिक लाभप्रद है अगला प्रश्न है मैं कौन हूँ जगत क्या है मेरे बंधन क्या है अब ये कैसे छूटेंगे उत्तर में गुरुदेव जी कहे हैं मैं अविनाशी चेतन हूँ मैं कौन हूँ तो मैं अविनाशी चेतन हूँ जगत क्या है जगत परिवर्तनशील जड़ है मेरे बंधन क्या है विषय शक्ति मेरा बंधन है अभी कैसे छूटेंगे ज्या, भक्ति ज्ञान वैराग्य से यह छूट सकता है अगला प्रश्न है सृष्टि रचयिता विष्णु है या जीव उत्तर में गुरुदेव जी कहे हैं सृष्टि अनादि है जीव वासनावश इस सृष्टि में अनादिकाल से घूम रहे हैं विष्णु भी एक जीव है उनकी भी वही दशा है प्रश्न गृहस्थ आश्रम में रहकर मोक्ष साधना का क्या उपाय है उत्तर में गुरुदेव जी कहे जल में कमल के समान गृहस्थी से अनाशक्त होकर रहना और सत्संग और संत गुरुजनों की सेवा तथा सत्संग करते हुए साधना परायण रहना प्रश्न है अपनी पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य है गुरुदेव जी उत्तर में कहे पत्नी के साथ मधुर व्यवहार रखते हुए उसे और अपने को मोक्ष पथ में ले चलना पत्नी के साथ मधुर व्यवहार रखते हुए उसे और अपने को मोक्ष पथ में ले चलना प्रश्न क्रोध का नाश कैसे करें तथा क्रोधी मनुष्य को कैसे समझावे उत्तर में कहें गुरुदेव जी अपने क्रोध का नाश तभी किया जा सकता है जब अपनी त्रुटियों को देखा जाए अपने अहंकार को दूर किया जाए तथा अपने मन की कल्पनाओं कामनाओं पर विजय प्राप्त की जाए क्रोध के भयंकर परिणाम को नज़र में रखकर क्रोध का त्याग किया जा सकता है क्रोध के बाद पश्चातापलानी दुख हानि रोग मानसिक उलझने बढ़ती है ऐसा समझ लेने पर क्रोध अवश्य दूर होगा क्षमाशील तथा शीतल महापुरुषों का स्मरण कर लेने पर क्रोध दूर हो सकता है प्रातः सोकर उठो और बिस्तर पर ही दृढ़ निश्चय करो कि आज तुम क्रोध नहीं करोगे क्रोध को बिल्कुल नहीं आने दोगे इस निश्चय को लेकर अपने दिन भर के काम काज में रहो रहो देखोगे तुम्हें जब क्रोध आने को होगा मन में रोक लगेगी यदि क्रोध आ गया तो पीछे लानी होगी रात में सोते समय दिन भर पर सिहावलोकन करो तुम्हें कब कब और कितनी बार क्रोध आया है तुम देखोगे क्रोध का कारण छोटा रहा है यह क्रोध का परिणाम भयंकर पुनः हुए क्रोध पर गलानी करो और आगे क्रोध का सर्वथा दमन करने का दृढ़ निश्चय करो इस प्रकार नित्य क्रोध को जीतने का निश्चय अपुरुषार्थ करते जाओ <clears throat> तो निश्चित तुम उस पर विजयी हो जाओगे राहा क्रोधी मनुष्य को समझाने की बात जो क्रोध की समय वह समझ नहीं सकता है क्रोध उतर जाने पर उपयुक्त बातें समझाई जा सकती है कोई क्रोध में भर आया है यदि तुम उस समय हंस दो विनम्र हो जाओ उसकी बात यदि संभव हो तो मान लो तो उसका क्रोध अवश्य शांत हो सकता है प्रश्न है स्वार्थ में फंसे हुए जीव को परमार्थ की कमाई करने का क्या उपाय है स्वार्थ में फंसे हुए जीव को परमार्थ की कमाई करने का क्या उपाय है गुरुदेव जी उत्तर में बताते हैं संतों के सत्संग सदग्रंथों की, की अध्ययन तथा बारंबार अच्छे विचार लाने से मनुष्य स्वार्थ की आसक्ति को जीतने की क्षमता प्राप्त करता है संतों के सत्संग सदग्रंथों के अध्ययन तथा बारंबार अच्छे विचार लाने से मनुष्य स्वार्थ की आसक्ति को जीतने की क्षमता प्राप्त करता है वैसे जीव को स्वार्थ की आवश्यकता है भोजन वस्त्र निवास स्थान तथा जीवन धारणा उपयोगी अन्य वस्तुओं का उपार्जन संग्रह रक्षा उपभोग आदि ही स्वार्थ है और इसकी सबको आवश्यकता है हां मनुष्य की स्वार्थ और कुत्ते के स्वार्थ में अंतर है चार मनुष्यों के बीच में रोटी रख दी जाए तो वे बाँट कर खाएँगे और चार कुत्तों के बीच रोटी रख दी तो वे लड़ कर खाएँगे और हो सकता है कि परस्पर की लड़ाई में रोटी धूल कीचड़ में सन ख़राब हो जाए या कौवा उठा ले जाए मनुष्यों में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वार्थ कुत्तों का होता है ऐसा स्वार्थ अत्यंत घृणित होने से निंदनीय और त्याज्य है जैसा कि पहले बताया गया कि स्वार्थ के कि बिना किसी का चल नहीं सकता हाँ स्वार्थ मानवता पूर्ण होना चाहिए बांटकर खाना चाहिए भौतिक वस्तुओं के लिए संघर्ष नहीं होना चाहिए स्वार्थ स्व धन अर्थ बराबर अपना प्रयोजन स्वार्थ का तात्पर्य है अपना प्रयोजन आपका मुख्य प्रयोजन क्या है शांति की प्राप्ति अत्यव सच्चा स्वार्थ शांति एवं कल्याण की प्राप्ति ही है लोग स्वार्थ स्वार्थ कहते हैं परंतु सच्चा स्वार्थ नहीं जानते सच्चा स्वार्थ तो जीव का कल्याण ही है और यही परमार्थ भी है परम धन अर्थ परम प्रयोजन शांति की प्राप्ति है शांति की प्राप्ति तभी होगी जब मनुष्य विकारों को छोड़ते हुए जीवन को निर्मल करता जाएगा बोलिए देव की जय बंदा सन मुख पारखी से भेंट धरिया वचन उचा रो बंदगी सत्य प्रेम के साथ सहे बंदगी साहे बंदगी साहे, साहे। बोलिए सदगुरुदेव